मध्य प्रदेश में जैस यानी जय जै आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने 2023 चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू कर दी है जैस के संरक्षक और मनावर विधायक डॉ. हीरालाल लाल अलावा ने दलित आदिवासी ओबीसी और मुस्लिम संगठनों के साथ मंच साझा किया जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई डॉक्टर हीरा अलावा ने कहा हम युवाओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे उनका संगठन पचासी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस दौरान अलावा ने कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने 2023 चुनाव के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन शुरू कर दिया है इसके लिए भोपाल में जेएस ने अन्य पार्टियों के साथ बैठक की बैठक में जेएस के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल लाल अलावा के साथ रीवा के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ओवैसी की पार्टी ए के नेता तोकीर अली निजामी शामिल हुए वहीं बैठक में बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी भी मौजूद रहे इस मौके पर डॉक्टर अलावा ने कहा कि जैस महापंचायत में हमने संकल्प लिया था कि युवा नेतृत्व के तहत 2023 और 2024 के चुनाव में नए युवाओं को चुनाव लड़ाएंगे हम प्रदेश में नया युवा नेतृत्व देने के लिए प्रयास कर रहे हैं हमने दस संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है अलावा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के कॉमन सिविल कोड के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने के पहले अमीरी गरीबी की संपत्ति का पंटवारा करे देश में कुछ बड़े उद्योगपतियों के खजाने भरते जा रहे हैं कोरोना काल में गरीब दलित आदिवासियों के घर बिक गए जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 के लिए हमने नया नारा दिया है कि युवा नेतृत्व 2023 में लाएंगे और सर्व समाज जोड़ो अभियान के तहत हम सबको जोड़ेंगे उसी के तहत आज सभी अलग अलग समाजों के अलग अलग जातियों धर्म के प्रतिनिधि थे अलग अलग राजनीतिक दल के जो छोटे छोटे राजनीतिक दल कम से कम दस राजनीतिक दल और दस सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि थे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व के लिए मिशन 2023 के लिए मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर भाजपा से निष्कासित प्रीतम लोधी भी इस दौरान बैठक में पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी पर निशानस आते हुए कहा कि बीजेपी में उन्होंने पूरा समय दिया बीजेपी से वो नहीं निकले हैं उन्हें बीजेपी ने निकाला है अब वे नए संगठन के साथ 2023 में चुनाव लड़ेंगे वहीं इस दौरान रीवा से पूर्व सांसद दस प्रतिशत आरक्षण पर भी सवाल खड़े किए आज जैश का कार्यक्रम है और इसमें कुछ संगठन के लोग भी आए हैं प्रदेश से उन संगठनों के साथ हम भी जैस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे जहाँ जैस के हमारे अलावा जी नेतृत्व कर रहे हैं हम उनका साथ देंगे और मध्य प्रदेश में पांचों छ पार्टियों को हम एक छत के नीचे लाना चाहते हैं और सारे लोगों को जैसे आप पार्टी है समाजवादी है भोजन समाज पार्टी है जैस पार्टी है गणतंत्र पार्टी है ऐसी पार्टियों को हम लाकर और पचास सीटों को हम टारगेट करेंगे केवल पचास सीटों पर लड़ेंगे वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें